भेड़िया और मेमना कहानी एक बार एक मेमना नाले पर पानी पीने गया। जब वहां वहां पानी पी रहा था, तभी वहां एक बेडिया आया। उसने मेमने को देख लिया उसने मन ही मन सोचा इस नन्हे मेमने का मांस कितना नरम और स्वादिष्ट होगा मुझे इसे पकड़कर खा लेना चाहिए वह मेमने से बोला तुम पानी को गंदा कर रहे हो मेमने ने उत्तर दिया, पानी तो आपकी तरफ से बहकर मेरी तरफ आ रहा है फिर मैं इसे गंदे गंदा कैसे कर सकता हूं? कर। सकता भेड़िया बोला, मत शायद तू वही है जिसने पिछले महीने मुझे गाली दी थी पिछले महीने तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था मेमने ने उत्तर दिया भेड़िया बोला अगर ऐसा है तो मुझे गाली जरूर तुम्हारी माँ ने दी होगी यह कहते हुए निर्दयी भेड़िया बेचारे मेमने पर टूट पड़ा और उसे मार डाला किसी ने सच ही कहा है कि बुरे व्यक्ति की परछाई से भी दूर रहना चाहिए